ज्यादा हवाबाजी मत कर वरना हवा में लटका देंगे ज्यादा हवाबाजी मत कर वरना हवा में लटका देंगे मेरे सारे यार डिफाल्टर हैं तेरा मिनटों में हेलीकॉप्टर बना देंगे मेरे भाई मेरे यार सारे नरे हथियार कर तुलर गए